चलिए आज बात करते हैं बेटा फिश के बारे में यह बहुत ही सुंदर रंगों के पंखों वाली एक मछली होती है यह आकार में बहुत छोटी होती है और अनेक प्रकार के रंग बिरंगों की होती है जिनमें लाल पीला काला नारंगी आदि आमतौर पर यह मछली अकेले रहना पसंद करती है मछलियों के पंखों का आकार काफी बड़ा होता है और सुंदर होते हैं और यही आकर्षण का केंद्र होते हैं इन्हें आप घरों में भी पाल सकते हैं और आजकल यह हर एक्वेरियम में उपलब्ध है यह स्वाभाविक रूप से काफी आक्रामक भी होती है मादा की तुलना नर में बेटा मछली के पंख काफी चमकीले और बड़े होते हैं नर बेटा मादा बेटा को रिझाने के लिए मादा के चारों अपने आकर्षक पंखों द्वारा नृत्य करते हैं प्रजनन प्रक्रिया के दौरान नर बेटा बुलबुलों ऐसी एक जाल बनाते हैं जो की विभिन्न आकार के होते हैं प्रजनन प्रक्रिया के पश्चात मादा द्वारा उत्पन्न किए गए अंडों को सावधानी से अपने मूल की सहायता से उन अंडों पर तैरते उन बुलबुलों के जाल में रख देते हैं वैसे तो यह देखा गया है कि अधिकांश मादा जीव जंतु अपनी संतान के प्रति काफी संवेदनशील होती है और उनकी रक्षा करती है परन्तु इसके विपरीत अधिकतर यह देखा गया है की मादा बेटा अंडे देने के बाद अंडो को खाने का प्रयास करती है लेकिन अंडे नर बेटा के संरक्षण में होने के कारण अंडे सुरक्षित रहते हैं नर की यह जिम्मेदारी होती है कि एक भी अंडा सतह पर ना गिरे और बुलबुला कमजोर होने पर नर फिर से उसकी मरम्मत करता है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले